हाय फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ऐसी एक समस्या के बारे में जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही खतरनाक है हम बात कर रहे हैं गॉल ब्लडर स्टोन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गॉल ब्लड स्टोन्स क्यों बनते हैं उनके बनने का कारण क्या है और क्या आप गॉल ब्लड स्टोन को बनने से पहले ही रोक सकते हैं तो बने रही मेरे साथ इस वीडियो में हम डिटेल में इस सब के बारे में बात करेंगे और बताएँगे आखिर में कि आप किस तरीके से गॉल ब्लेडर स्टोन को बनने से पहले ही रोक सकते हैं उससे पहले हम समझ लेते हैं कि गॉल ब्लेडर का फंक्शन हमारे शरीर में क्या होता है और फिर जानेंगे कि गॉल ब्लेडर के अंदर स्टोन कहां से आ जाती हैं और ये बनती कैसे हैं तो एक्चुअल में गॉल ब्लेडर जो है हमारे शरीर के अंदर एक रिजर्वर का काम करता है जिसके अंदर बाइल जूस या पित्त इकट्ठा होता है जितना भी बाइल जूस लीवर के अंदर बनता है वो पहले गॉल ब्लेडर के अंदर या पित्त की थैली के अंदर इकट्ठा होता है और आप जब भी कोई चिकना भोजन फैटी भोजन करते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से ये पित्त की थैली से बाइल जूस से निकलता है और आपकी छोटी आत में चला जाता है जहां पे ये फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है उसको पचाने में मदद करता है और उसको एब्जॉर्बशन में हेल्प करता है ये तो बात हो गई कि पित्त और पित्त की थैली का फंक्शन क्या होता है लेकिन स्टोन बनती क्यों है एक्चुअल में जो गॉल बेल्डर के अंदर पित्त जमा होता है जिसको बाइल जूस कहते हैं इसके अंदर दो चीजें मेनली पाई जाती हैं कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे जिसको हम बाइल रूबिन के नाम से जानते हैं और कोलेस्ट्रोल इसके अंदर अच्छी मात्रा में पाया जाता है अब आप अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रोल की मात्रा ज्यादा है तो आपको स्टोन बनने का गोल बेल्ड स्टोन बनने का खतरा ज्यादा है एक और बात ये कही जाती है कि आप अगर फीमेल हैं पटाइल हैं फिफ्टी आपने पार कर लिया है और आप फैटी हैं मोटे हैं तो आपको स्टोन बनने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है उसका कारण यही होता है क्योंकि पित्त के अंदर या बैल जूस के अंदर कोलेस्ट्रोल की मात्रा होती है और अगर आप जब मोटे हो जाते हैं और जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है तो फिर कोलेस्ट्रोल आपके खून में ज़्यादा होने लगता है इसी वजह से आपके पित्त के अंदर पिताशे के अंदर या घोल बैडर के अंदर जो है कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ने लगती है तो जो स्टोन है वो भी दो तरह की होती हैं कोलेस्ट्रोल स्टोन होती है जो हल्के हरे भूरे रंग की या पीले रंग की होती है और दूसरी पिगमेंटेड स्टोन होती हैं जो डार्क कुछ काले रंग की होती हैं अब होता यह है कि अगर किसी कारणवश बाइल जूस बहुत देर तक आपके कॉलब्रेडर में पड़ा रहे या तो पूरी तरीके से आगे ना जाए या वो बहुत ज्यादा कंसनट्रेट हो जाए तो पिगमेंटेड स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है दूसरी तरफ अगर कोलेस्ट्रोल की मात्रा ज्यादा हो कंसनट्रेट हो जाए आपका बाइल जूस तो उसकी वजह से यहाँ पे जब कंसनट्रेटेड मटेरियल पड़ा रहता है तो पहले सुलज की फॉर्म में आता है और फिर धीरे धीरे ये और ज्यादा गाढ़ा होके फिर ये पत्थर के रूप में आ जाता है और इस तरीके से गॉल बिल्डर स्टोन बन जाती है इसका कारण और क्या हो सकता है कुछ इसके डाइटरी फैक्टर्स भी हैं जैसे हमने बात की कि अगर आप मोटे हैं और अगर आप ज्यादा चिकना खाते हैं तो भी आपको बाइल जूस में थिकनेस आने का डर रहेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और आपकी स्टोन बढ़ जाएगी दूसरे अगर आप सिटरस फ्रूट्स का कम इस्तेमाल करते हैं सिरके का कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा कंसनट्रेट होने से बचाती हैं उसके डिपॉजिट होने से बचाती हैं तब भी आपको गोल स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है पानी अगर आप कम पीते हैं तो ऑब्वियस है कि अगर आप पानी कम पियेंगे तो वहाँ पर जो बाइल जूस है उसकी थिकनेस गाढ़ापन कंसनट्रेट हो जाएगा बढ़ जाएगा जिससे गॉलब्रेड स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है अवॉइड करने का सिंपल तरीका है कि आप अपना वजन घटाएं, फैटी कंटेंट घटाएं कोलेस्ट्रोल की मात्रा को कंट्रोल करें उसके लिए आपको क्या करना होगा खाने का आपको कंट्रोल करना होगा आपको कुछ एक्सरसाइज करनी होगी और पानी भरपूर मात्रा में पीना पड़ेगा अगर आपको स्टोन नहीं भी हैं और अगर आप ये सारी प्रिकॉशंस लेते हैं तो हम वेरी श्योर आपको गोल बल्ड स्टोन्स कभी नहीं बनेंगे आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए चिकना भोजन कम से कम करें और अपने भोजन में सिट्रस फ्रूट्स जैसे नींबू संतरा इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और उसके अलावा ऐसे भोजन करें जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं जैसे अदरक का इस्तेमाल करें लहसुन का इस्तेमाल करें पानी अगर ज़्यादा पियेंगे फैट कम कर लेंगे अदरक लहसुन का इस्तेमाल करेंगे सिटरस फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे वनेगर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कॉल ब्लड आपको कभी भी नहीं बनेंगे और कोशिश करें कि खाना थोड़ा जल्दी जल्दी खाएं और चिकना कम खाएं, कम मात्रा में खाने का इस्तेमाल करें सो so दैट आपका डाइजेशन अच्छा रहे इस तरीके से आप स्टोन्स को बनने से रोक सकते हैं लेकिन अगर आपको स्टोन बन भी गए हैं तो उसका भी समाधान है छोटी स्टोन्स हैं प्योरली अगर कोलेस्ट्रॉल की हैं तो आप उनको बिना ऑपरेशन के भी निकाल सकते हैं आप आई बटन में जाके वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पहले बनाया था और अगर स्टोन बड़ी हो गई है तो फिर सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है फिर आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या फिर ओपन सर्जरी पर जाना पड़ता है इसके लिए आपको अच्छे सर्जन से मिलना चाहिए और सर्जरी करा के इस स्टोन को बाहर निकाल देना चाहिए अदरवाइज अगर ये स्टोन आपके गॉल ब्डर में चिपक जाती है या वहाँ पे इम्पैक्ट हो जाती है तो ये गॉल ब्डर के कैंसर या लीवर के कैंसर का कारण भी बन सकती है तो अगर आपको पता लग गया कि आपको गॉल ब्डर स्टोन है तो इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें हालाँकि इतना तेज़ दर्द होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है तो आप समय रहते इसका इलाज करें और अपने आप को बड़े खतरे से बचा लें तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर लेना शेयर कर लेना और पहले के बटन को भी दबा लेना सो so दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलते रहे थैंक यू धन्यवाद